सिंगरौली में ट्रैफिक जाम को लेकर विवाद हो गया पुलिसकर्मी द्वारा जाम खुलवाने पर दो ट्रक ड्राइवरों ने मारपीट की वहीं एक आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिले में जाम खुलवाने को लेकर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि सिंगरौली जैन मार्ग पर लंबा जाम लगने पर पुलिसकर्मी जाम खुलवाने पहुंचे थे इस दौरान उनकी दो ट्रक चालकों से कहा हो गयी जो एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गई अकेला पाकर ट्रक चालकों ने पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी हालांकि घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया कुछ लोगों ने इस अवैध मालिक अवित तिवारी ने इसे खारिज करते हुए कहा है की घटना के बाद उन्होंने दोनों चालकों को हटा दिया है दोनों वाहन चालक सोहेब एवं शब्बी छत्तीसगढ़ के पटगोरा के रहने वाले थे सत्ताईस तारीख को जयंत वाली गाड़ियाँ जो जयंत जाने के लिए खड़ी थी उसमें मेरी भी गाड़ी खड़ी थी जिन्होंने आड़ा तिरछा गाड़ी खड़ा कर दिया था जाम काफ़ी लंबी थी प्रशासन के लोगों को सूचना हुई यूनियन के लोगों ने सूचित किया कि जाम लगा हुआ है तो प्रशासन के लोग पहुँचे वहाँ पर और वो जाम हटाने लगे उसी में मेरे ड्राइवरों को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाम हटाओ तो उन्होंने कहा कि पहले पीछे वाला हटाइए पहले आगे वाला हटाइए उन्होंने कहा कि पहले तुम तो हटाओ तुमने गलत ढंग से गाड़ी खड़ा किया हुआ है उसी में मेरे ड्राइवरों ने बदतमीजी कर दी है और उसमें अरविंद चतुर्वेदी जी वहाँ पर अकेले पड़ गए थे बाकी प्रशासन के लोग पीछे जाम हटा रहे थे तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है ड्राइवर छत्तीसगढ़ के थे मैंने उन्हें हटा दिया है मेरी गाड़ियाँ थाने में खड़ी हैं जाम की स्थिति ये थी कि एक बाइक वाला भी आसानी से आ जाने रहता जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी और चूँकि सिंगरौली मोटर एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मुझे भी जानकारी मिली थी हम लोग यूनियन के लड़कों को भी भेजे थे कि जाम को छुड़ा दो और प्रशासन भी गई हुई प्रशासन के द्वारा जाम छुड़ाया जा रहा था यूनियन के लोग भी जाम छुड़वा रहे थे इसी सिलसिले में काफ़ी लंबी जाम लगी थी अरविंद चतुर्वेदी जी जो मोरवा थाने में एस आई पद परस्त हैं वो आगे चले गए और बाकी लोग जहाँ ज़्यादा भीड़ थी वहाँ थे अचानक कोल हब की गाड़ियाँ जो हमारे स्टाफों के द्वारा बताई गई हमारे यूनियन के लोगों के द्वारा बताई गई कोल हब की गाड़ियाँ बीचों बीच रोड पे खड़ी थी अरविंद चतुर्वेदी जी के द्वारा उनको बोला गया कि भाई गाड़ी हटा लो तो वो बदतमीजी करने लगे प्रशासन से कि क्यों हटाए जाऊ आगे हटवाइए पीछे हटवाइए उन्होंने कहा कि पहले बीच में हो आप पहले हटाओ बाकी देखा जाएगा उसी पे कुछ ड्राइवर जो कोलहब आपके हैं वो दारू के नशे में थे और वो उतर कर अरविंद जी से उलझ गए और एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया प्रशासन के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया